5 amazing facts about America. Number वन America का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर New York है इसके बाद Los Angeles और Chicago का number आता है Number टू America में रहने वाले हर चार व्यक्तियों में ऐसी कम ऐसी कम एक व्यक्ति कभी न कभी तो टीवी आरोप जरूर आया है Number थ्री America का लगभग हर इंसान हर रोज अपने कम ऐसी कम 12 घंटे किसी न किसी technology वाले gadget के साथ ही बिता है Number फोर America में दुनिया के सबसे ज्यादा बिजनेस मैन रहते हैं और इसी के चलते यहाँ आरोप हर साल चार करोड़ ऐसी भी ज्यादा चेक साइन किए जाते हैं नंबर फाइव पूरी दुनिया में लोग अमेरिका में ही है अमेरिका के करीब 33 परसेंट लोग मोटापे का शिकार है